है इस फिल्म के के बारे में जो इसे फुटबॉल फैंस लिए परफेक्ट है।, है। खेल खेल खेल का, का का? और अगर मैदान होगा तो कौन से खेल का? ये बात साफ नहीं हो रही है और यही समझाने में मदद करता है इस फिल्म का पोस्टर जिस पे अजय देवगन फुटबॉल खेलते नजर आ सकते हैं बाकी खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो ऐसे तुम्हारे तो वो, लोगों लोगों वो प्रेम मिला है इसे कि मान लीजिए एक नेशनल गेम बन गया हो अब क्योंकि में इसने इतना नाम कमाया है तो मैदान ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो की भारत की फिल्म द्वारा लोगों तक पहुँचाएगी अब क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है, तो फुटबॉल के सभी फैंस रिलीज के लिए खूब इंतजार इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आपके इस इंतजार को और भी मस्त बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ पांच ऐसी बातें जिसे सुन के आप सभी फुटबॉल फैंस बहुत खुश हो जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले से जो है कि इस फिल्म के लिए इसके मुख्य भी लगे और यही नहीं बल्कि उनको असली देने के के लिए लिए और और भी बहुत बहुत कुछ किया जा रहा है, है है है जैसे कि कि इसके इसके इसके अब्दुल रहीम बारे बारे में में मेकर्स ने जांच पड़ताल की की यही लीड करता है हमारा नेक्स्ट पैक ओर। तो इसके बारे में ये है कि जब ये बनने शुरू ही हुई थी, तब इसके जिस दौरान में ये फिल्म सेट की खेला है की ऊपर बन रही है तो वो ये बीमार होने के बावजूद कर उनको काफी बातें बतायी सैयद के साथ काम करने के बारे में और जहां इनसे क्रू को काफी जानकारी मिली उस वक्त के बारे में उनका आशीर्वाद भी मिला इस फिल्म की अच्छी तरक्की के लिए आप जो मैं बताने जा रही हूं, वो सुनकर तो शायद बॉलीवुड लवर्स के होश ही उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि कि असल में रही है फिल्म में खबर है फिल्म इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी भी होने वाले हैं और ये खबर शुरू में बहुत आई थी जब इस फिल्म के बनने की सिर्फ अनाउंसमेंट ही की गई थी अब आप, आपको बता दें जिस तरह से कोविडीन की बीमारी के कारण है लग रहा है की का जब थोड़ा कम हो जाए तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अपने देश से बुलाकर इस में रोल दिया जाए देखते हैं हैं क्या होता है चलिए हम बढ़ते सिर्फ ये नहीं की खेल दिखाया जाएगा किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह बल्कि इसमें फुटबॉल दिखाया जाएगा और इस युग बात दिखाई जाएगी जैसे वो कि उस वक्त किस किस तरह देश की सरकार इस खेल पर पैसे नहीं खर्चती थी फुटबॉल के खेल पर तो इस कंजूसी से पैसा खर्चा जाता था कि उस पर खिलाड़ियों के पास जूते तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे सैयद ने ये बदलाव लाया कि उन्होंने जिद करके जूतों की सप्लाई करवाई भारतीय फुटबॉल टीम के लिए क्यूँकी जूते एक बहुत बड़ी कठिनाई बन चुकी थी और इस खेल के लिए अच्छे जूते होना बहुत जरूरी है चलिए आज के लिए बस इतना ही करना चैनल भी जरूर करें हमें कमेंट करके आप हमारी अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं